तो यार गाइज ना मेरे पास में ना आज एक्सेल को कंसोलिडेट करने के बारे में कुछ क्यूरी जा रही थी तो एक्सेल में अलग अलग सीट्स को या अलग अलग फाइल्स को वर्कबुक को एक ही जगह में कंसोलिडेट कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे देखिए मेरे पास में ना अभी एक ये वर्कशीट है इसमें क्वार्टर वन के कुछ बच्चों के नाम हैं ये सब्जेक्ट हैं और उनमें से उस किसने कितने नंबर प्राप्त किए थे वो कॉलन है किस सब्जेक्ट में कितने नंबर ये क्वार्टर टू के हैं और ये क्वार्टर थ्री के हैं अब हमें जैसे पहला जो आदमी है इसका तीनों क्वार्टर का टोटल यहाँ लाना है मतलब कंसोलिडेट होके डाटा आ जाए तो वो कैसे करते हैं वो जानेंगे ये डाटा यदि इसी वर्कबुक के अलावा किसी दूसरी फाइल में तब भी उसको ला सकते हैं बात एक ही है दोनों की मैंने फिर भी दो खोल रखा है दोनों बताएंगे तो पहले देखते हैं इसी सीट को ये तीनों क्वार्टर के डाटा को एक में कंसोलिडेट कैसे करते हैं तो पे पे आप आ जाइए पहले एक ब्लैंक खोलिए, हम कंसोलिडेट करेंगे वो तीनों को ठीक है और तीनों को कंसोलिडेट करने के लिए यहाँ पहले रो में आप कसर रख दीजिए इसके बाद में यहां डेटा टैप पे जाइए डेटा आपको यहां परिडेट ऑप्शन मिलेगा ये देखिए कंसोल्टेट क्लिक कर देना ये वाला कुछ इंटरफेस खुलेगा इसमें देखो फंक्शन लिखे हैं सबसे पहले फंक्शन को देख लेते हैं तो इसमें तरह तरह के फंक्शन हैं अलग अलग काम में आते हैं ठीक है थीके? तो जिसको जो चाहिए वो फंक्शन यूज करना है अभी मुझे यहाँ क्या करना है टोटल क्योंकि नंबर है वो तीनों क्वार्टर के टोटल करके आने चाहिए तो मैं सम को ले लूंगा इसके बाद में आता रेफरेंस तो रेफरेंस के लिए आपको यहां पे क्लिक कर देना है इसके बाद में आना है क्वार्टर वन की सीट पे आना है और ये पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ क्लिक करो यहाँ ऐड का बटन दिख रहा है इसको ऐड कर दो यानी एक सीट हमने ऐड कर दिए हैं दोबारा इस पर क्लिक करो क्वार्टर टू के डेटा पे जाओ क्वार्टर टू के डेटा को भी पूरा को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे क्लिक करो ऐड कर दो दो ऐड हो गई और ये तीसरी इस तरह से कितनी भी सीट हो उसको आप कर सकते हो सेलेक्ट कर लीजिए इसके बाद में ऐड कर दीजिए अब तीनों सीट यहाँ ऐड हो चुकी हैं, ठीक है थीके? आप क्या करना है लेबल लेबल में जाना टोप रोमिन इनकी जो हैडिंग थी वो टॉप वाली हमें चाहिए कर left colon, left colon क्लिक कर दीजिए लेफ्ट लेफ्ट भी चेंज हो जाए मतलब लिंक रहे ये डाटा तो इसको टिक मार लेना है अदरवाइज आपको लिंक नहीं करना है तो टिक नहीं मारना है और सीधा आप ओके okay पे क्लिक कर देना ये देखिए आपके जो डेटा थे वो कंसोलिडेट हो चुके हैं ठीक है वहां से जो तीनों क्वार्टर के नंबर थे इंग्लिश के वो इस आदमी के इसके सामने इसलिए कर लिया आप देखिए यहाँ पे प्लस का आइकन बना यहाँ से आप वर्क वन वन करके तीन जो आ रहा है ना ये तीनों में इसने जो टोटल किया है वो आ रहा है ठीक है तो ये भी आप देख सकते हैं देखिए ये हर आदमी का अपना अपना आ जाएगा जिसका जहाँ जो जितना था वो इसने लेके टोटल कर दिया ठीक है तो आप हो गया ये हो गया इसी सीट में तीन वर्क अब यदि आपको मान लो यहाँ से नहीं रखना है ठीक है ये नहीं करना है आपको तो क्या करना है आपने सिंपली दूसरी जगह से लाना है तो जो लिंक करते हैं हम डेटा को ना वहां से आप दूसरी जगह ले लो ठीक है तो मैं एक और सीट खोल लेता हूँ ये देखिए यहां पे जाऊँगा सीधा डेटा टेप कंसोल्टेट ये सम रहने देता हूँ और जो रेफरेंस है ना ये रेफरेंस हमें उस सीट से लाना है ये वो मेरे पास दूसरी सीट है ठीक है तो ये रेफरेंस में यहाँ से ले लेता हूँ देखो ये सेम ले ले लेना है एड कर देना है दूसरी सीट में जाना सेम टू सेम प्रक्रिया कोई दिक्कत नहीं है आ जाएगा ये ऐड कर लो ये सीट वन में चला गया इसको भी ऐड कर लो और टॉप रो लेफ्ट कोलन क्रिएट लिंक सोर्स, ठीक है ये कर दिया हमने देखो ये कंसल्टेट होके आ गया अब क्या है जैसे मान लो ये राज नाम का आदमी है इसका हमने चेंज करेंगे इसकी सोर्स टेबिल सोर्स टेबल कौन सी है हमारी ये वाली ठीक है तो इसमें जैसे मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूं तो वो वहां चेंज हो गया होगा इसमें चेंज हो गया ये देखिए चेंज हो गया ऑटोमेटिक तो ये होता है लिंक करने के बाद जो क्रिएट लिंक वाला ऑप्शन हमने यूज करा था ना यहाँ पे ये है यदि ये क्रिएट वाला पे टिक नहीं मारा है तो वहाँ से जो चेंज होंगे वो यहाँ आपकी मास्टर सीट में नहीं होंगे तो इस तरह से किसी भी डाटा को कंसुलिडेट आप कर सकते हैं है। मेन जो फंक्शन है इसमें ये संग वाला हो सकता है आपको काउंट करवाना हो जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है वो काउंट करवाना तो यहाँ पे काउंट का फंक्शन लेना है मतलब जो आपको चाहिए जैसे टोटल चाहिए किसी चीज़ का आपको तो टोटल वाला लेना है और इस तरह से आप कंसोलीडेट कर सकते हैं ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी टेबिल का फॉर्मेट आप बना सकते हैं जैसे भी आपको बनाना है हेडिंग को कलर देना है जो भी देना है आप इसमें आसानी से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगा ठीक है ये हो गया कंसल्टेट करने का अब कंसल्टेशन में कोई डाउट है कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछेंगे ना थैंक यू